दिस इज अर्व और आज के तो आज की वीडियो में जी सेवन का मतलब है ग्रुप ऑफ सेवन जो कि सात देशों से मिलकर बनाए सबसे पहले कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट हमने इसका मतलब तो जान दिया जी सेवन काम आता है G7, G7 ग्रुप ऑफ सेवन ये क्यों काम आता है ग्रुप ऑफ सेवन एक जब आती है जब काम आता है ये group of 7, group भी कहते हैं उसको कुछ लोग कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेवन ग्रुप ऑफ सेवन कॉन्टिनेंट्स भी होता है पर ये गलत है ग्रुप ऑफ सेवन का असली मीनिंग है ग्रुप ऑफ सेवन यहां से सुनना ग्रुप ऑफ सेवन अब ग्रुप ऑफ सेवन एक एक आ उसमें जाएगा। आ आ गई उसमें हेल्प जाएगा पैंडेमिक से लड़ाई के लिए पैसे दे देते हैं दे है। जैसे अब कोरोना चल रहा है उसमें भी बहुत कम आएगा ये अब ये फाउंड कब हुआ था वो हुआ था नाइनटीन सेवन को फाउंड हुआ था और ये हो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा जो यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट है और अब जानते हैं कि इसमें क्या मतलब और क्या यूज हो सकता है किस चीज के लिए यूज हो सकता है ये यूज हो सकता है इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स आते हैं तो पैंडमिक के लिए और जैसे एक सिटी में जी सेवानी आ गई वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हो गई तो फिर एक एक करके सारे सारे देश थोड़ा थोड़ा जील भी देंगे ताकि उस देश की रिकवरी हो सके और ये जो G7 है G7 के बारे में आप और जान सकते हैं नीचे मैंने G7 के विकिपीडिया के लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे चैट बॉक्स में भी है अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला थैंक यू फॉर वाचिंग अबाउट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन को तो कभी मत भूलना कभी भी और पहलाइक उनको तो